शिवराज सरकार के तमाम मंत्री अपनी अजीव गरीब बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं पहले बिसाऊलाल ने सामान्य वर्ग की महिलाओं पर विवादित बयान दिया था अब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अजीव गरीब तर्क दिया है देवड़ा ने पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी का स्तंभ माने जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी की तुलना मुगल शासक बाबर के सेनापति शेर सूरी से की है भाजपा में अजीबो गरीब बयान देने का चरण जोरों पर है कहीं किसी मंत्री की जुबान फिसल रही है तो कहीं कोई मंत्री राजपूत महिलाओं पर विवादित बयान दे रहा है अब ताजा मामले में मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अजीब और गरीब तर्क देकर भाजपा की किरकिरी करवा दी है देवड़ा ने कहा शेर सूर्य के बाद किसी ने सड़क निर्माण का कार्य किया है तो वे हैं अटल बिहारी वाजपेयी दरअसल जगदीश देवड़ा पूर्व प्रधानमंत्री की शान में कसीदे पड़ रहे थे जगदीश देवड़ा ने कहा कि अगर इतिहास में किसी ने काम किया है तो या तो शेर ने किया है या फिर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है वही ने जगदीश प्रवक्ता नरेंद्र ने कहा कि शिवराज सरकार का पूरा का पूरा मंत्रिमंडल किसी नगीने से कम नहीं है लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि गाँव की दशा सुधारने का काम अगर हिंदुस्तान की धरती पर अगर किसी ने किया तो वो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने किया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना करके हिंदुस्तान के सारे गांवों को सड़क से जोड़ने का काम अगर किसी ने किया या तो इतिहास में शेरशाह सूरी ने कोई काम किया था सड़क बनाने का या फिर देश के प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था संगीत की सौ लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़